कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2023 के चुनाव को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और यह बात में लिखकर दे सकता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि 2023 के चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी कांग्रेस दावा कर रही है मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आने वाली है इसे लेकर जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा की मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है प्रदेश में बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी और ये बात में लिख दे सकता हूँ उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की जनता को पता है कि बीजेपी ने किस तरह धनबल पर अपनी सरकार बनाई है प्रदेश की जनता बीजेपी पर बुरी तरह से कौ दे चुनाव को स्वीप करेगी बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना मतलब अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पर बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी क्योंकि वहां पर तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मध्य प्रदेश में तो टोटल था मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा दे बनाया है तो पूरा पूरा प्रदेश गुस्से में है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं